हूँ शेरता और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कुकवित शेरता झा में तो मैं तुम्हें बना रही हूँ गुड़ पाड़े गुड़ पाड़े इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में गुड़ थी थोड़ी सी तो खराब हो जाती गुड़ तो मैंने सोची क्यों अगर खराब होने से अच्छा है कुछ बना लूँ जो कि सब लोग घर में मजे से खा लेंगे इसलिए मैंने गुड़ बना रहे हूँ इसके लिए मैंने हूं। ये दिखा रही हूँ ये देखें दो कप मैदा लूँगी वजन से कहूँ तो 200 ग्राम मैदा लूंगी और कप से मानिए तो दो कप मेजरमेंट सही होनी चाहिए तभी जाके ये देखिए ये दो कप मैदा थोड़ी थोड़ी खाली थी मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ मैदा हो गई हमारी अब मैं क्या करूंगी अब इतना 200 ग्राम मैदा है तो उसमें आप घी भी डाल सकते हैं लेकिन आज मैं घी नहीं डालूंगी रिफाइंड ऑयल डालती हूँ तो 50 से 60, 60 एम एल इस पर लिखा है तेल है रिफाइंड ऑयल है कोई भी आप तेल भी ले सकते हैं जिसमें स्माइल ना हो मतलब नॉर्मल तेल जिसमें वो ठीक रहती है सिंग तेल नहीं लेना है क्योंकि उसमें बहुत खुशबू होती है और ये देखिए ये बेकिंग सोडा है एक टीस्पून। सोडा नहीं सॉरी बेकिंग पाउडर है एक टी सोडा नहीं लेनी है पाउडर लेनी है और इसको क्या करूँगी हाथ से इसको मिलाऊँगी हाथ से ही मिलाना पड़ेगी आप लोगों को थोड़ा अच्छे से मिला लेती हूँ फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको टाइट डोर गुथूँगी सॉफ्ट नहीं करनी है सॉफ्ट रह जाएगी तो फिर खास्ता हो जाएगी मतलब सॉफ्ट रहेगी तो अच्छी नहीं लगती है खास्ता खाने में और टाइट रहेगी तो खास्ता बनती है ज़्यादा ये देखिए तेल हमारी बिल्कुल परफेक्ट है पुरानी मिल जाए तो भी बहुत तेल है क्योंकि सा... ये देखिए मैदा का मैंने तेल से देखिए रिफाइंडर से देखिए कितना अच्छा हमारी ये बन रही है इतना मोइन चाहिए हमें अब क्या करूँगी पानी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा पानी नहीं डाल है एक साथ थोड़ी थोड़ी पानी डालकर पानी डाल के मैं आटा लगाती हूँ इसको देखिए मुझे इसको सॉफ्ट डोर नहीं लगानी है मुझे टाइट डोर लगानी है इसको मैंने आटे किए मैं 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ूँगी और एक बात और अगर हमारी चैनल आप लोगों को थोड़ी सी रेसिपी अच्छा लगे तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर करना भी ना भूलें और फिर रेसिपी कैसा लगा तो वो भी आप लोग बता देना कॉमेंट में अगर कुछ कमी हो वो भी बताना फिर मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी ये देखिए कब 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूँगी क्योंकि हमें टाइट डोर चाहिए फिर 10 मिनट बाद मैंने आप लोगों को दिखाते उसको किसी कपड़े से ढक दीजिए गीला कपड़ा से नहीं तो बर्तन से भी ढक के रख सकते हैं अब ये देखिए दस मिनट तक ढक के रख दिए थे आटे को अब क्या करूँगी यहाँ पर इसको रखूँगी थोड़ा सा मस हाथ से ज़्यादा नहीं करनी है थोड़ी मसल लेती हूँ अब ये दो दो, दो लोई बना देती हूँ मैदा की अब मैं क्या करूँगी बेलना है देखिए इसको बेलती हूँ और ज़्यादा पतला नहीं रखने और क्रैक्स यही रहेंगे क्योंकि ये ऐसे ही रहते हैं इसमें ना खासता बनते हैं अगर एकदम सॉफ्ट कर दूँगी तो फिर वो खासता नहीं रहेगी और ऐसे ही ये बेल जाएगी आप लोगों को इसमें मैदा छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये देखिए थिकनेस रखनी है और वैसे आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं क्योंकि तो ये मोटा हमें चाहिए और तेल में और फूलेगी देखिए और इधर जब तक ये मेहनत कर रहे हो तब तक मैं क्या करती हूँ गैस पे मैंने ऑयल डाल दिए रिफाइंड है इसे मुझे तलना है और ये देखिए अब ये हो गई है हमारी ये देखिए देख रहे हैं इतना इतना थिकनेस मैं लूँगी इसको एकदम हलवाई जैसी ये बनेगी खास्ता आप लोगों को मैं दिखाती हूँ और क्या करूँगी थोड़ी थोड़ी साइड से मैं कट लगा दूँगी क्योंकि उससे शेप बिगड़ जाती है इसलिए वैसे आप अब ये देखिए मैं पतले पतले से एकदम पतली नहीं है चौली नहीं रखनी है तब हलवाई जैसी ना जैसे मार्केट में नहीं मिलती वैसे दिखने में एकदम बढ़िया लगेगी मैं उस टाइप से इसको कटिंग कर रही हूँ आज ये देखिए और ये बहुत अच्छी लगती है गुर पारे खाने में और इसमें और फ्लेवर जाएगी तो मैं दिखाऊँगी स्टेप बाई स्टेप और क्या करनी है थोड़ी देखिए लंबे लंबे से इस पर कटिंग करनी है लंबे लंबे अच्छे लगते हैं जैसे मार्केट में हम जाते हैं तो काउंटर पर रखा रहता है पैकेट में देखिए अब इसको भी दूसरे ऐसे ही पूरे आटे को मैं कट कर लूँगी ये देखिए तेल हमारी गर्म हो गई है जबकि ज़्यादा ही पूरा गर्म हो गई एकदम लो फ्लेम पर रखनी है हाई नहीं करनी ना मीडियम करनी है और एक एक डालूंगी अपने आप सारे उठ जाएंगे। जैसे एक बार जितने मैंने कटिंग किए थे उतना हमारी तेल में आ गई है तो मैं आराम से डाल देती हूँ और इसको छूना नहीं है और इसको थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे ही लाती हूँ ये देखिए अपने आप पूरे ऊपर क्योंकि अभी इतना सॉफ्ट अगर मैं इसको टच करूँगी तो सारा टूट जाएंगे एकदम लो पूरे लो फ्लेम पर करनी है जब हाई होगी तब मैं वो आप लोगों को बताऊँगी कि हाई करनी है दो मिनट बाद में इसको एक मिनट के लिए हाई करूँगी फ्लेम को फिर लो कर दूँगी पूरा लो फ्लेम पर होगी और ये देखिए सारा कितना ये ऊपर उठ रही है ना ये देखिए और इसकी खास्तापन देख सकते हैं आप लोग कितना खासता बना और ये देख इतना सॉफ्ट अगर मैं इसको अभी इससे छूंगे झरनी से तो ये सारा टूटने लगती है इसको क्या करूँगी ना एक ऐसे मतलब थोड़ा टाइट हो जाए तो अभी इस स्टेप पर एक मिनट के लिए मैं गैस को एकदम हाई पे करूँगी सिर्फ़ एक मिनट के लिए ताकि थोड़ी सी टाइट हो जाए फिर मैं इसको पलटूँगी तब ये पलटने वाला होगी ये देखिए अब ये छूने लायक हो गई है तब तो मैं सारे को पलट दूँगी देखिए कितना फूल गई, देख गई, गई है ये देख सकते हैं आप एकदम मैं पास से दिखा रही हूँ झुम करके ये देखिए कितना फूल गई है ये देखिए कितना मोटा फूल गई है ये देख सकते हैं दिखाई दे रहा है कितना मोटा है ऐसे बहुत फूल गई है हमारी वजह देखिए इसको मीडियम मतलब लो पे एकदम रखनी है आठ नौ मिनट ये लगती है एक बैच पकने में ये नहीं कि मैं बोल दूँगी कि दो मिनट में आपको रेडी हो जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं होता आठ नौ मिनट तो लगे लगेगी अब ये देखिए गोल्डन गोल्डन लग रही है ना कलर हो गई है मैं इसको लटते पलटते तीन चार मिनट से पका रही हूँ अब ये होने वाली है बस थोड़ी सी हो जाए मैं फिर निकाल दूँगी ये देखिए कलर अब ये हो गई है देखिए मैं निकाल रही हूँ तो अब इस टाइम मैं गैस को बिल्कुल हाई कर दूंगी इसलिए हाई करूँगी क्योंकि लो पे है ना कोई भी चीज़ जब लो पे मैं निकाल तो लो फ्लेम पे तो ऑयली ऑयली लगते हैं और एकदम मतलब तेल भी पूरा सूख जाता है इसलिए कहीं भी निकालें तो फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दें ताकि ये सूखी सूखी सी निकले और तेल ना उतना ना ले देखिए अगर मैं लो पे निकाली होती तो बहुत तेल भी सूखती है और ऑयली ऑयली दिखने में भी लगती रहती है अब जो हमारी तेल गर्म हो गई थी अब थोड़ी नॉर्मल हो गई है और मैंने गैस को क्या किए थे ना बंद कर दिए थे गैस को क्योंकि तेल एकदम गर्म हो गई थी डालती तो तुरंत ऊपर उठ के आई तो वैसे भी गर्म है लेकिन कोई नहीं गैस का फ्लेम ऑफ है इसी तरह से मैं सारे डाल दूंगी उठ जाएगी ये वैसे ही जैसे पहले बैच में थी पहले तो चिपक गई थी बाद में सारे हमारे चक्र में ये गुड़बाड़े उठ गए थे इसका अब ये देखिए सारे उठ गए हैं देखिए अब कितना फूल कितना रही है जो बेकिंग पाउडर डाली थी ना हमने और जो मोइन लगाई थी वो बिल्कुल परफेक्ट अगर आप लोग एकदम परफेक्ट डालोगे तो बहुत अच्छा बनती है और खाने में तो इतना खास था वो भी तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को इसी तरह से मैं जैसे फर्स्ट बैच बनाई वैसे मैंने इसको तल के निकालती हूँ पहले फिर ये देखिए इसका क्रंचनेस मैं दिखा रही हूँ कितना क्रंची है आप लोगों को तो ये देखिए ये देखिए दिख रहा है एकदम बिस्किट जैसे अंदर लग रही है दिख रहा हम यही खासियत है मोइन की ये देखिए मैंने सारे तल के निकाल लिए हैं इसको अब क्या करूंगी चाशनी बनाने के लिए एक कड़ाही मैंने गैस पे चढ़ा दिए अब इसमें मैं ये गुड़ मैंने गुड़ को ना चाकू से कट कर लिए है काट करके इसको डाल रही हूँ गुड़ को ये गुड़ लगभग लगभग दो सौ ग्राम होगी हमारे ठीक है और मैं इसमें थोड़ी सी पचास ग्राम से कम मैं चीनी डालूंगी क्योंकि दोनों का फ्लेवर अच्छी होती है ये देखिए पचास ग्राम चीनी डाल दिए हैं अब मैं इसमें थोड़ी सी पानी डालूँगी नहीं डालने हैं थोड़ी सी पानी डालूंगी है। तो देखते हैं हलवाई वाले तो क्या करते हैं जितना आपका मैदा है जैसे 200 सौ ग्राम जितना मैदा है इससे ज़्यादा ही चाशनी बनाते हैं। लेकिन मैं घर में खाने के लिए बना रही हूँ ना तो मैं ज़्यादा चाशनी लेकर क्या करूँगी इतना काफ़ी है और उन लोगों का बेचने का कम होती है तो ज़्यादा चाशनी देते हैं भारी भारी भी हो जाती है इतना हमारा सही है ये देखिये गुड़ मेल्ट हो गई है तब तक मुझे चला रही हूँ जब तक चाशनी नहीं बन तब तक तो मुझे चलाना ही है इसको तो मैं चाशनी पहले बनाती हूँ फिर किस स्टेप पर मैं क्या डालूँगी वो मैं दिखाऊँगी देखिये चाशनी हमारी होने वाली है एकदम पूरा वो गजब जैसी नहीं बनानी है चाशनी अब मैं क्या करूँगी ना ये जो मार्केट से आप लोग खाते होंगे तो उसमें एक मतलब फ्लेवर आती है सौंप तो मैंने क्या किया नहीं इसमें दर सा मैंने कूट लिए हैं सौंप को थोड़ी सी डालूंगी ज़्यादा नहीं डाली है फ्लेवर के लिए इसे अच्छी टेस्ट आती है खाने में और कोई बात नहीं थोड़ी सी सोप डाल दिए अब चलाऊंगी अब क्या करूँगी अब जो है इसमें थोड़ी सी में सोडा मीठा सोडा जो है खाने वाले वो मैं थोड़ी सी एक पिंच में अब इस स्टेप पर मैं सोडा डाल रही हूँ अब इससे क्या होगी सोडा से ज़्यादा झाग बनेगी ये देखिए बस इतना ही हमें सोडा डालनी है ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है अब ये गुड़ देखेंगे आप लोग कितने देखिए ये सोडा डालने से ना इसकी देखिए छाप अब ये देखिए कितना वॉल्यूम बढ़ रही है ये यही चीज़ हमें सोडा इसलिए डाल दी ये देखिए हो गई है और गैस को मैंने मीडियम टू मतलब मीडियम पे रखी थी गैस को हाई पे नहीं रखी थी ना अभी भी मीडियम पे ही है और ये देखिए अब ये हो गई है तो मैं गैस को बंद करूँगी और हमारी ये जो मैं तल के रखी थी गुड़ के लिए मैदे से तो मैं वो भी ठंडी हो गई है हमारी अब ये देखिए, अब ये बढ़िया से गुड़ पक गई है ये देखिए मैंने गैस को फ्लेम बंद कर दिया है अब क्या करूंगी इसमें डाल दूंगी देखिए सारे डाल दिए हमारी चाशनी भी बिल्कुल सही है ज्यादा नहीं है एकदम कोटिंग हो जाएगी बढ़िया से चाशनी संभल के करनी पड़ती है तो देखिए चाशनी तो तो तो तो हमारी ठीक थी ये देखिए एक से दो मिनट उसको चलानी पड़ती है तब जाके ये सूख जाएगी और आप लोग एक बार जरूर बताना कि ये कैसा लगा आप लोगों को गुड़ पारे कमेंट में और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कर दो ये देखिए अब ये देख रहे हैं आप लोगों को ये गुड़ की परत जमने लगी है ऐसी कलर है अगर आप लोग चाहोड़ गुड़ में ही फूड कलर डाल सकती हूँ रेड वाला तो उससे क्या होता मार्केट की कलर होती है ना रेड रेड बस सेम वैसे ही दिखने लगेगी मैंने इसमें कोई कलर नहीं डाला ये देखिए एकदम ये देखिए कलर देखिए ये गुड़ ऐसे तो रहती है मार्केट वाली ये देखिए हमारी गुड़ पारे बन के तैयार हो गए और इसका कलर भी देखें ये देखिए मैंने मिलाते मिलाते इतना क्रंची हो गई है और बहुत अच्छा बनी है अगर मैं आप लोग बोलोग मैं तोड़ के दिखा सकती हूँ ये देखें एकदम अंदर तक इसकी चास अभी तो गर्म है इसलिए और खासता देखिए कितना है ये और बहुत अच्छा बनकर तैयार हो गई है और इसको चाहो आप लोग तो इस्टोर करके एक से दो महीना तक घर में खा भी सकते हैं ख़राब नहीं होगी बिल्कुल